ज़माना ज़माना बदल बदल बदल बदल गया, गया, गया, गया। प्यार प्यार का बदल गया। का रंग रंग मैंने तोड़ा ना साथ मैंने गुस्का छोड़ा ना था खाली पीस मैंने तोड़ा ना था साथ मैंने गुस्का छोड़ा ना था ओ बे कभी रुकी नहीं हजे मिला दे नहीं, मेरी दे, खास दुनिया पर रही की की जीवन की किताब नहीं चलती रही तो एकर और वो उदागाकर मुझे और वो उदागाकर मुझे किसी और के लिए प्यार प्यार बदल गया प्यार का रंग नजाना बदल गया प्यार रंग देख प्यारे दे देख देख देख देख